हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं लोधी गार्डन जो कि बहुत बड़ा गार्डन है और बहुत प्यारा गार्डन है यहां पे जो है फूल फ्लावर तो हर टाइप के होते हैं और यहां पे मकबरा टोम वगैरह जो है काफ़ी सारे हैं तो आइए चलते आप और आपको दिखाते हैं दोस्तों अभी हम आ गए हैं लोधी मकबरे पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लोधी मकबरा है तो चलिए चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको लोधी मकबरा Baby, I'm falling for you. Baby, I'm falling for. Baby, I'm falling for you. I need you. Friends, so here we are. You see, the graves. Which are in the Lodi Garden, Lodi Shah's. You see, there are many graves here. ये है लोधी मकबरा दोस्तों ये देख रहे हैं आप फूल यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे फूल हैं यहाँ सब में और मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ से अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का कोई टिकट भी नहीं है और दूसरी बात तो यहाँ से मेट्रो स्टेशन नीयर पड़ेगा जोरबाग और हम भी जोर मेट्रो इस्टेशन से यहाँ पाँच मिनट लगे थे आने में पैदल तो आप भी अगर हम चाहते हैं तो मेट्रो स्टेशन से जोरबाग से यहाँ पास पड़ता है delian from oh delian from for you to ye dekh rahe hain dosto ye hain tarah tarah ke phool yahan ke aur bahut khoobsurat yahan pe bagiche hain wo dekh rahe hain wahan pe is tarah ke kuch ये देख रहे हैं दोस्तों क्या ख़ूबसूरत कलाकार ये और दोस्तों यहाँ पे आप पिकनिक बनाने भी आ सकते हैं यहाँ देख रहे हैं ना ये लोग वाले यहाँ पे पिकनिक बनाने भी आते हैं यहाँ खूब सारे यहाँ पे जो है फैमिली आती हैं जो कि पूरी पिकनिक टूर के हिसाब से आती हैं तो आप यहाँ पिकनिक बनाने भी आ सकते हैं काफ़ी अच्छा प्लेस है बहुत अच्छा प्लेस है मुझे तो अच्छा लग रहा है आप भी आएँगे तो आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा और ये देखिए ये ये पेड़ पे क्या खूबसूरत कलाकारी बनाई है बहुत अच्छा लग रहा है और ये है दोस्तों यहाँ का लेक देख रहे हैं आप यहाँ पे बदतखे भी हैं यहाँ देखिए ये यह रही बदतखे ये यहाँ का लेक है तो काफ़ी खूबसूरत और सुंदर जगह है